रात भर हर पल पल बिनु रहे गम बस उसके सहे जा रहा था ज़िंदगी किया, किया मैंने आख अपना दिल का बोला दीदी को बस कुछ सहाने जा रहा हाँ। साथ ने थे के जो घूम रहा एक सर पर में कर पा रहा जब था हर जगह सहारा बूंद का पर उस वक्त तो अपना बेकाप नहीं आ रहा था आँखों में आंसू थे और नाम दांत में ले रहा था वो कौन से संगे देख ज़तने के हिम्मत कहा बात है जो बातें जो थानों में गुजरी उनकी है कॉलेज को जाता मैसे मैं नहीं थे पैसे दबे भैया ने पैसों की कमियाँ ना होने दी के रोने को चारा पर में दी, दी दारों ने बनाते दोस्त तो दस ऊपर रहने दिए या, या अब मेरी कहानी में खुद लिखता हूँ भगवान देखता है मुझे क्या दिखता हूँ या मेरी रात बनी, बनी दिन रात बात बनी सो बात बनी दिन रात बुनिया को मेरे साथ मैं चलो दुनिया मैं के साथ। में तेरी, तेरी, हो वक्त देरी, देरी, मेरे हाथ है, है, है या फिर कलम उठा और लिखते रहे Ekani Maria Ekani Maria Ya